on academy. Let's crack it. Hi guys. वेलकम टू वन अकेडमी सो गाइज हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि क्लाट कब होगा सो 23 जुलाई नाव एक्जैक्टली बहुत नज़दीक है और आप लोगों तो ने बहुत हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क किया है नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं हम गिरे भी हैं मॉक में मॉक में उठे भी हैं सो गायज दिस इज़ दै टाइम यू हैड टू बी स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव अबाउट यूर एग्जाम राइट सो गाइज मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज हैं आप लोग ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक हैं जस्ट फोकस रखे हैं अपने एग्जाम पे. All the very best to you guys, and I know you can make us proud. An academy pe, you exactly, बहुत अच्छे से कर रहे हो. बस आपने exam में जाके उसको अच्छे से perform करना है. Right, guys? Thank you, everyone. All the very best, and God bless you all. I know you will crack the exam. So guys, it's time to crack the exam. So let's crack it. Bye, guys. तो बच्चो. क्लैट अब आ गया है कुछ ही दिनों में क्लाट का एग्जाम होने वाला है और आपने जितनी भी मेहनत की है पिछले एक साल दो साल से वो सारी की सारी मेहनत जो है वो टेस्ट होने वाली है मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि आपके एग्ज़ाम में नाइन्टी परसेंट चांसेज आपके एग्जाम के सेलेक्ट होने के या ना सेलेक्ट होने के आपके ऊपर डिपेंड करते हैं वो आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करते हैं और दस सिर्फ पढ़ाई होती है ठीक है सो अपने ऊपर ट्रस्ट करना है जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको वो डिसाइड करेंगे कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं सो जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंग जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ और आपने जितनी भी मेहनत करी है उसके ऊपर भरोसा करें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि टेंशन लोगे तो नंबर जाएंगे ठीक है और टेंशन नहीं लोगे तो नंबर आएंगे सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्लैट और बढ़िए से पेपर करेंगे और क्लैट फोल्ड करके आएंगे इसके बाद और मुझे मिलेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ योर ड्रीम्स रिमेबर टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर क्लाट्स टिल नाउ इट एक्चुअली डिपेंड ऑन हाउ काम यू आर ड्यूरिंग देशनपोज यू आर एंड हाउ मच यू हैव कॉन्फिडेंस है यू एवरीवन वेलकम टू एन अकेडमी आई एम समीर आई टीच यू इंग्लिश ऑन एन अकेडमी तो क्लैट 2021 वाले बच्चों ऑल दी बेस्ट टू यू ऑल आप लोगों के साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप हमें पता है कि यू ऑल विल मेक एस प्राउड डर लग रहा है डरो मत मैं तुम्हें इतना कहूँगा कि तुम लोग कर लोगे बहुत मेहनत करी है तुम लोगों ने पूरे साल या फिर जितने महीने से तुम लोगों ने स्टार्ट करी है आई हैव सीन यू लाइक यू नो अटेंडिंग माई क्लासेज इन नंबर्स आई हैव सीन यू लाइक यू नो कि इतने डेडिकेटेडली अपने ड्रीम्स के बारे में मुझसे शेयर किया हुआ है मैं तुम सबके लिए दुआ करता हूँ कि हाँ तुम्हारा पेपर अच्छा जाए प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लो रिलैक्स हो जाओ बी और सेल्फ वहाँ पे जाओ पेपर भर के आओ ओ एम शीट भी टाइम पर भर लेना अच्छे से सेक्शन सॉल्व कर लेना मैं दुआ मांगूँगा तुम लोग के लिए कि तुम्हारा अच्छे से पेपर पूरा सॉल्व हो जाए And and all All all all all the the the the best best, best. to to you you you again. Clat Clat. Clat 2021 all the best. All the best. Hey everyone, I I hope hope of of are doing well. I'm your educator Anshul aapka dost, aapka educator, Anshul Vadva, So I hope all of you are motivated enough to crack CLAT. CLAT is just around the corner and I'm sure आप लोग अभी डर नहीं रहे हो जैसा कि मैंने आपको रोज बोला रोज के लिए you have to write i will definitely crack it i will definitely do it just keep doing it not until clat only but everything that you want to achieve in your life but as of now focus on clat be very very confident nobody can beat you except you yourself so i am 100% sure that all of you all of you are going to achieve your goals you're going to do well in clat and you're going to be all india rankers and you're going to fulfill my dream of getting uh, a student who is an all india ranker one right so wishing you all the best once again thank you so much guys this is kriti your educator for logical reasoning and quantitative techniques so i want to wish you a good luck for your exam all the best everyone i hope you are going to rock the exam right so and i also hope that every one of you have started revising so you know that revise karna bahut important hota hai so guys keep on revising use all the time to revise everything whatever you have studied for you know one year six months whatever the time of your preparation has been also do not forget to uh, like do not forget ki aapko bahut टाइम किसी भी क्वेश्चन पर स्पेंड नहीं करना है राइट right? सो so, अगर आप लग, आपको लगता है आप किसी क्वेश्चन पर फंस रहे हो तो उसे स्किप करो और आगे बढ़ो ओ एम आर टाइम पर भर देना ऐसा ना हो कि लास्ट में यू नो यू आर रशिंग टू वर्ड्स फिलिंग ऑफ दर और आप भर ना पाओ सो so, यह छोटी छोटी गलतियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना है टेक लाइक अटेम्प्ट ऑल द मॉक ठीक है गो थ्रू द मिस्टेक स्टार्ट यू आर डूइंग रिवाइज एवरीथिंग एंड ऑल द बेस्ट आइज इफ यू वॉन्ट यू आस्क एनीथिंग यू नो वे टू कॉन्टेक्ट एस बाय थैंक यू ऑल द बेस्ट Hey guys so here we are finally on the verge of our clat examination here is wishing all of you all the very best for your clat examination and remember one thing no matter how difficult the paper gets on that day is going to be equally difficult for every aspirant in the whole country so do not lose your calm and composure stay calm ride the examination and let your practice take over wishing all of you all the very best for your CLAT examination and the other law examinations that you're going to take up.